हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम बैक माई न्यू वीडियो कैसे हो सब लोग उम्मीद करता हो कि सब ठीक ठाक हो जैसा कि मैंने पहला वीडियो में बताया था हमारा कंपनी का एक नया ब्रिज का काम शुरू होने वाला है मैं इसी टाइम साइट में ही हूँ अगर आप लोग देखना चाहते हो कि ब्रिज कैसे बनता है और एक ब्रिज बनने में क्या क्या करना पड़ता है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बगल में जो बेलगन है उसका घंटी पर दबा दीजिए ताकि नया ब्रिज का काम सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए मैं ब्रिज का काम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा तो फिर चलिए साइड घूम के देखते हैं ये है हमारा कैंप काफी सारा लाइनर बनाया गया ब्रिज के लिए और ये जो है यह है काटिंगस ये भी डिस्क का काम पे आएगा वो है कंक्रीट प्लांट और उसका बगल में जो है डिजिटल जेनरेटर यहाँ जो देख पा रहे हो यह है आईसर का वाटर पंप ये डबल सिलेंडर का वाटर कूलिंग पाम है और इसका जो हाउस पावर है 22 टू का ये है डीएमसी एम विंस मशीन और इसका जो काम है इसका मदद से बोरिंग करता है इसका काम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां जाके आप देख सकते हो ये देखिए काफी सारा ट्रेमी पाई अभी भी काफी सारा सामान आना बाकी है कुछ भी नहीं आया और ये जो देख रहा हो ये सीमेंट को डाउन ये भी डीएमसी क्विंस मशीन का सामान है ये जो लाल झंडा देख रहा है यह है नया ब्रिज का सेंट्रल लाइन कुछ ही दिनों में ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा और यह जो एक पुराना जो ब्रिज दिख रहा है ये काफ़ी पुराना है इससे अब हैवी ट्रक चल नहीं सकता ये जो नया ब्रिज बनने वाला है ये 74 मीटर का है और इसका जो पिलर है ये ऑयल सेकिंग का बनेगा हमारा कैंप और साइट दोनों ही देख लिया इसका वीडियो बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा हुआ